नमस्कार करती हूँ और जब मैंने इस कंपनी से उससे जुड़ा संजय पावार से बहुत ही सफलता पाई है जब और भी दूसरी कंपनियों में मैंने किया है काम लेकिन कुछ भी नहीं मिला है तो संजय पावार को मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आए हैं तो कुछ करके जाइए कुछ दिखा के जाइए और अपने लिए नहीं तो अपने देश के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए सब कुछ तो कुछ करके दिखाएंगे नमस्कार मेरे भाई सबको तो नमस्कार मिला मैं सपना से आई हुई हूँ एक छोटा सा कस्बा गांव पड़ी है वहाँ से आई हुई हूँ और मेरे भूपत भैया से मेरा संपर्क हुआ और मैं ये काम करना चाहूँ मैंने कर दिया भैया काम करते हुए और कुछ दिन बाद मेरा ये पैट टूट गया जितने भी बीस पच्चीस खाते मैंने लगाए और लगाने के बाद मेरा मोबाइल भी चोरी चला गया मैं अस्मर्थ हो गई अस्मर्थ होने के कारण मैं अब मैंने खोज दिया मैं इतना ही कह अपना सब बिलोंग करती हूँ भैया और बहनों ऐसी नमस्कार इस बीच स्वागत अभिनंदन है महिला बहुत जबरदस्त आप सभी लोगों का उत्साह और मैं देख रहा हूं सत्रह की धरती पे महिला वीग का भी बहुत जबरदस्त बोल माला है लगभग 50 परसेंट संजय पाउस में इस पावन प्रांगण में उपस्थिति है आप सभी लोग का बेटा स्वागत बंधन अभिनंदन है जो सभी लोगों के लिए सर, ओके रिक्वेस्ट करूंगा आपको भी सब लोग कहना चाहे चाहें कॉस्ट किया लेकिन बोले मैं बाद में बताऊँगी सर मैडम आपको मैं रास्ता